देखिए धार्मिक मामले इतने हैं हैं कि भड़काने में टाइम नहीं लगता। ये ये पॉलिटिक्स और जिनके जिनका माफ करना एक ही धर्म है कैसे जीता जाए ऑपोजिशन चाहती है कि मैं टांग मार के जो शास शासन कर रहा है उसको गिरा दूं और फिर बैठ जाऊं करोगे क्या आप हमने भी आपकी हिस्ट्री देखी हुई है सो so, आप आप जो अच्छे काम है उसकी प्रशंसा पर, कीजिए बुरे काम को आप बुरा ही करिए लेकिन यहाँ हंड्रेड परसेंट बातों को आप बुरा बोलोगे तो लगेगा कि आप आपके मन में खोट है तो ये हिजाब का केस हो या कोई भी केस हो ऐसा टू द मेन पॉइंट ठीक है लेकिन जब ये पार्टी पकड़ती है वो पार्टी पकड़ती है और फिर जब झगड़ा करती है ना तो वो मसला साइड पे रह जाता है और सीटें गिनने की बात, की बात की तो देखिए अगर मैं परफॉर्मेंस करू सब बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस किया है मैं अनुपम जी तो डेफिनेटली ग्रेट किया है लड़की ने भी ग्रेट किया है जिसका नाम पल्लवी जोशी है वेरी फाइन एक्ट्रेस नेगेटिव होते हुए भी उसने कोशिश की उसको पॉजिटिव बनाने की अपने तरफ से इसको बिलीफ बोलते हैं जैसे चौधरी सारंग सबको गोली मारता था लेकिन वो अपने आप को बोलता था मैं पॉजिटिव हूं शी डिड दैट बट द क्रेडिट गोज टू दैट बॉय दैट बॉय विच आई हैव एव ने दर्शन मुझे नहीं पता कि कौन सी कौन सी फिल्में की है उसने बट लास्ट की दस मिनट की स्पीच वॉज टेरिफ सर देखिए बहन जी आपको एक बात बताऊं एक जमाना था जब दो बीघा जमीन बनती थी गुमराह बनती थी दहेज के ऊपर फिल्म बनती थी और हम कहते थे फिल्में जो है वो समाज का आईना है आजकल फिल्में एक प्लेटफॉर्म हो गई है लोगों को बिगाड़ने के लिए अपनी बात कहने के लिए आप ऐसी ऐसी ग्लैमराइज बातें करती हैं यूथ बिगड़ रहा है आज का जो सोशल मीडिया है उसने इतना बिगाड़ दिया देर इज नथिंग लाइक कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है आज उल्टा हो गया आज फिल्म बच्चों को सिखा रहा है ऐसी ऐसी ऐड बनती है जहाँ कहते हैं दूर दूर बैठो नजदीक नजदीक बैठो हमारा एक जुड़ा परिवार को तोड़ते समवेयर वेयर यू नीड टू हैव सेंसर ऑन दी एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो सेंसर ऑन मैं मैं मैं तो आपके आपके सामने मुंह पे बोलता न्यूज़ न्यूज़ चैनल्स को भी एक सेंसर करना चाहिए क्योंकि आप नेगेटिव बहुत बहुत दिखाते हो okay. कश्मीर कश्मीरी, तो कश्मीरी नहीं मैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी और के हिसाब से मेरा दिल बहुत टच किया है मेरे घर में एक मेरे मेरे भतीजे की वाइफ वहां से श्रीनगर से उनके परिवार को भागा है। तो मुझे रियलिटी मालूम है आंसू आए नहीं बट मेरे को बहुत आया एक-एक चीज में तालियां बजी थी लास्ट में जो फिल्म की उसमें मेरी भी एक ताली थी सो डेफिनेटली फिल्म इज विवेक अग्निहोत्री हैज हैज डन एंड शिद्दत से फिल्म बनाई ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी है। ये फिल्म की एक एक, -एक, -एक शॉर्ट्स आप देखिए uh, शूट करने को बहुत टाइम लगा होगा और, और ये एक ने उठाया है तो मैं उसको कहूंगा विजयी भाव पर यह फिल्म सब तक पहुंचनी चाहिए और ये कश्मीरियों को इज्जत के साथ में श्रीनगर ले ला के जाना चाहिए मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो आई होप दिस फिल्म इज स्टार्ट ओके